जी बी व्हाट्सअप में फ्रेंड आप मैसेज को शेड्यूल करके भी भेज सकते हैं सपोज़ किसी का बर्थडे है तो आपको रात के 12 बजे मैसेज भेजना है कि अपने आप मैसेज चला जाए तो आप कैसे करेंगे आप थ्री डॉट पे जाएंगे, मैसेज शेड्यूलर पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे जिसके पास मैसेज भेजना है उसको सेलेक्ट करेंगे एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ किस डेट को मैसेज भेजना है ये या आप यहाँ से डेट टू सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे डेट सेलेक्ट करेंगे, करेंगे, करेंगे, करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे अब टाइम पे जाएंगे या टाइम सेलेक्ट करेंगे ई एम पी एम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ जो मैसेज भेजना है वो मैसेज लिखेंगे यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे अब ये मैसेज शड्यूल हो चुका है इस डेट में उस टाइम पे अपने आप ये मैसेज वहाँ पहुँच जाएगा जो आपने मैसेज शेड्यूल किया है उसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ से ही डिलीट भी कर सकते हैं ओके पे क्लिक करेंगे मैसेज शड्यूलर से डिलीट हो जाएगा